नमस्कार मित्रों मैं आशीष आप सभी के हृदय कमल पर विराजमान उन क्षेत्र सागरवासी भय भंजन भगवान श्री हरि विष्णु की सदा आलोकित ज्योति को शीर झुकाकर प्रणाम करता हूं मित्रों आप सभी इस तथ्य से भली भांति अवगत है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 एक नवीन चेतना प्रदान कर रहे होते हैं साथियों ना सिर्फ इस पर्व का एक एक का एक एक प्राकृतिक अपितु धार्मिक महत्व भी बहुत ही अधिक है बोध कराने वाला हिंदू धर्म ग्रंथों व साहित्य में भी इस त्योहार का बड़ा ही विशद और मनोहारी वर्णन है कथा कुछ यूँ है मित्रों कि जब दैत राज्यपू अपनी शक्ति के आवेश में मतान्ध होकर के मतलब अंधे होकर के अपने ही पुत्र भक्त राज प्रहलाद को अपनी बहन होलिका के द्वारा अग्निकुंड में भस्म करने का एक विफल प्रयास किए थे किंतु भक्त वत्सल श्री हरि विष्णु की कुछ ऐसी कृपा हुई कि होलिका स्वयं ही उस अग्निकुंड में भस्मीभूत हो गई वो कहते हैं ना मित्रों कि तीन लोक चौदह भुवन चाहे बैरी हो जाको राखे साइया मार सके ना कोई हाँ तो मित्रों होली के इस पावन कथा के बाद अब चलते हैं आपके मतलब की चीज अर्थात आपके राशि आपका लग्न आपके नक्षत्र आपका नाम अक्षर जी हाँ इस दिव्यतम अवसर पर वो कौन सा ऐसा प्रयोग वो कौन सा ऐसा उपाय आपके भाग्य को बदल कर रख दे आपने अपने करियर अपने परिवार अपने स्वास्थ्य अपने धन संबंधी जो भी गोल सेट किए हैं लाइफ में आप उनको कैसे अचीव करें तो मेष राशि के जातक आप लोग सतर्क हो जाइए पेन पेपर हाथ में ले लीजिए और ध्यान से हमारे उपायों को सुने और इन उपायों को दूसरों के साथ विभिन्न सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर जरूर शेयर करें और हमें विभिन्न सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर फॉलो करें तो मेष राशि के जातकों होलिका दहन के दिन रात्रि काल में आपको करना क्या होगा आपको आपकी राशि के अनुसार मसूर की दाल जी हाँ देखिए मेष राशि के जो स्वामी ग्रह हैं ये बनते हैं और मंगल की जो मूलभूत जो है धातु होती है जो दान करने की सामग्री होती है या जो खाने की सामग्री होती है वो है मसूर की दाल गुड़ गेहूँ तो आपको करना क्या रहेगा मसूर की दाल लेना है गुड़ लेना है और थोड़ा सा गेहूँ लेना है और जब होलिका दहन हो मुहूर्त हमने जो है बता दिया हमारे चैनल के वीडियो में आप लोग जा के देख सकते हैं तो जब भी होलिका जो है दहन हो आप लोगों को होलिका दहन के समीप जाना है और इन सामग्रियों को होलिका दहन में आपको जो है दहन करने के लिए डाल देना है दूसरा दर्शकों उपाय बताना चाहेंगे मेष राशि के जातकों को लाख प्रयास के बाद भी यदि आपका बिजनेस व्यापार या नौकरी में आपको लाभ नहीं हो रहा है तो आपको करना क्या रहेगा होली के दिन सुबह जी हां, चूंकि रंगों का देखिए दर्शकों त्योहार है तो होली के दिन प्रातःकाल आपको एक ऑरेंज कलर के गुलाल का पैकेट लेना रहेगा ठीक है अब उसमें एक आपको मोती संख मोती संख आप लोग गूगल कर लीजिएगा क्योंकि मोती की उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय हुई थी और माँ लक्ष्मी का प्रादुर्भाव भी समुद्र मंथन के समय पर ही हुआ था कहते हैं मोती है जहाँ लक्ष्मी है वहाँ तो इस हिसाब से मोती शंख को माँ लक्ष्मी का भाई भी मानते हैं तो गुलाल के पैकेट में मोती शंख चांदी का एक सिक्का थोड़ा सा केसर रखना है और उसे उस गुलाल के पैकेट को आपको लाल रंग के वस्त्र में लाल मौली से बांधना रहेगा और अपने तिजोरी में इसको रखना रहेगा या जहां पर आप अपना व्यापार करते हैं उस व्यापार स्थल पर भी आप इसको रख दीजिएगा तो निश्चित ही आपका व्यवसाय और आपकी नौकरी में आपको अप्रत्याशित धन लाभ देखने को पूरे वर्ष मिलेंगे ये उपाय आप किसी भी होली को कर सकते हैं दर्शकों मेष राशि के जात यदि आप लाख प्रयास करने के बाद भी रोजगार पाने में असफल होते हैं बार बार आप परिश्रम करते हैं रोजगार प्राप्त नहीं होता है चूँकि पूर्णिमा का दिन रहेगा तो होलिका दहन के दिन जिस दिन होलिका दहन होगा उस दिन आपको करना क्या रहेगा मार्केट से एक पीले रंग का बड़ा सा नींबू ले आइएगा जिसमें किसी भी प्रकार का दाग ना लगा हो मतलब दाग रहित नीबू लेना है और रात्रि ग्यारह से बारह बजे के बीच जो आप नींबू लेकर के आएंगे उसको चौराहे पर लेकर के चले जाइएगा और चक्कू अपने साथ लेकर के जाइएगा उसको आपको करना क्या रहेगा कि उसको चार फाग मतलब चार बराबर भागों में उसको काट लेना रहेगा और अपने सर के ऊपर से एंटी क्लाकवाइज होलिका दहन की रात को एंटी क्लाकवाइज सात बार उतारना है और फिर चारों दिशाओं में आपको उस नींबू की एक एक फाकी को फेंक देना है आपको मुड़ करके वापस चुपचाप घर चले आना है ध्यान ये रखिएगा कि पीछे पलट करके बिल्कुल भी आपको नहीं देखना है ये उपाय श्रद्धापूर्वक करिए शीघ्र ही दर्शकों हमारा विश्वास है कि मेष राशि के जातकों को रोजगार या इनको कोई अच्छा सी जो है इनको कोई अच्छी सी नौकरी जरूर प्राप्त होगी मेष राशि वालों होली के दिन आपको किस रंग के वस्त्र वह कौन से रंग आपके लिए भाग्यशाली हो सकते हैं तो इसको भी चलिए अब हम बता देते हैं तो मित्रों देखिए होली के दिन सबसे पहले आपको जो कलर धारण करना है आप ऑरेंज कलर के वस्त्र या परिधान को पहन करके यदि आप होली खेलते हैं तो आपके लिए शुभ रहेगा साथ ही साथ होली के दिन आप पीले रंग अर्थात येलो कलर और रेड कलर के अबील अबीर का गुलाल का या रंगों का यदि आप प्रयोग करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सौभाग्यशाली भाग्यवर्धक रहेगा तो दर्शकों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा अपने आशा व विश्वास को ऐसे ही बनाए रखें और हमें प्यार व आशीर्वाद से ऐसे ही अभि करते रहें इस चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ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 मैं आपसे विदा लेता हूं लेकिन विदा होने से पूर्व आप लोगों से प्रार्थना है करबद्ध प्रार्थना है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेल आइकन दबाइए होली की इस वीडियो को मेष राशि के जातक आप लोग अपने दोस्तों के साथ अपने मित्रों के साथ अपने परिवार वालों के साथ जम करके शेयर करिए विभिन्न सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आप हमको फॉलो कर सकते हैं वहाँ पर भी आपको ऐसी ही ज्ञानवर्धक चीज़ें मिलेंगी फेसबुक हो गया ट्विटर हो गया इंस्टाग्राम हो गया यूट्यूब हमारा चैनल है ही है तो इन सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आप हमें जो है फॉलो कर सकते हैं दीजिए इजाज़त तब तक के लिए नमस्कार जय श्री राम